हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज विशेष दिन है और विशेष कथा तो है तो पहले मंगलाचरण करते हैं आगे चर्चा करेंगे ओम अज्ञान तिरांध्य ज्ञान जनाशला चक्ष निमिल तस्म श्री गुरु वे श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थात ये नूतले स्वयं कदा ददादा वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून वैष्णवश्रीरूप श्री साग्र जात सहगढ़ रघुनाथांत तम सजीव साधुम सवधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पदान सह गिता श्री विशाकाच हे कृष्णकुणा सिंधु दीनबंदो जगत्पते गोपेश गोपिकांता राधाकांता नमस्ते सप्तकांना गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृष्भासुते देवी प्रणमाशा कलपतरूभ कृपा सिंधु व्यवचार पतिताम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिगौरवत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे। राम हरे हरे रामाय राम भद्राय रामचंद्रा वेदसे रघुनाथाय रघुनाथायताय सीताया पते नमः नमो विष्णु पाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नाम नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाशात ओके हरे कृष्णा तो ठीक है तो सबको राजा रानी दिख रही है दिख रहे होंगी राधा रानी कमल के फूल पे है ना क्या नहीं भेजा कुछ नहीं वो तो ऐसे जस्ट दिखा रहा हूँ ठीक है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज राधाअष्टमी है यानी आज राधा रानी का बर्थडे है ठीक है तो राधा रानी के बर्थडे पे सबसे ज्यादा कौन खुश कौन होता है हाँ कृष्ण खुश होते हैं क्यों क्योंकि वो उनकी अलादनी शक्ति है। प्रेमिका है अलादनी शक्ति है सारे कार्य वही संपादन करती हैं योग माया और भौतिक में भी वही करती हैं स्रोत तो वही हैं ठीक है थीके? और आनंद देती हैं किसको कृष्ण को इसलिए अहलादनी शक्ति सन्दनी शक्ति अलादनी शक्ति एक शक्ति और है जो कि आध्यात्मिक शक्ति में तीन भाग होते हैं तो हम शुरू करते हैं कि कैसे प्रकट हुआ राधा रानी कैसे प्रकट हुए ठीक है वैसे तो फोटो देखे पता चल रहा होगा कि कमर के फूल से प्रकट हुए ठीक है लेकिन कैसे हुई ये बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो गोकुल महावन में हुआ था ठीक है? गोकुल महावन में हुआ था। गोकुल महावन में हुआ था तो हाँ हाँ गोकुल महावन ये तो है। महावन है ना जो महावन जैसे वृंदावन जैसे गोकुल महावन ऐसे करते। गोकुल आए थे ना कहा आए थे जब, जब आए थे थे थे वो वो वो चार भुजा वाले कृष्ण भी थे। लेकिन मैन जो कृष्ण जो मतलब जो द्विभुज रूप में है जो सिर्फ लीलाएं करते हैं बांसुरी बजाते हैं लीलाएं करते हैं गौचरण करते हैं बस और टेंशन नहीं पालते बाकी सब काम विष्णु को देते हाँ तो गोकुल के पास और राधा रानी का जन्म कहाँ कहाँ हुआ किसको पता है तो राव। और राधा रानी के पिता का नाम क्या है अच्छा ये तो मंत्र पढ़ते ही है अच्छा माँ का नाम क्या है माँ का नाम कार्तिक कीर्त कार्तिक के तो वो वो तो शिव के लड़के हैं कीर्तना तो पिता का नाम रिश्वानु है और माँ का नाम कीर्तदा है क्योंकि ये लीला करने आते हैं तो माँ बाप करने पड़ते हैं धारण करने पड़ते हैं ठीक है थीके? वैसे उन्हें माँ बाप की जरूरत नहीं है तो रावल के पास ही है गोकुल महावन जो रावल गाँव है उसके पास ही गोकुल है जो महावन है ठीक है तो कृष्ण का जन्म हुआ और कब हुआ था राजा रानी का जन्म तो कृष्ण एक साल के हो गए थे जब कृष्ण एक साल के हुए थे तब राधा ना नहीं हुआ था लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि पंद्रह दिन बाद हुआ था है ना, ना? पंद्रह दिन पहले तो कृष्ण जन्म थे और पंद्रह दिन रात आ गए तो मतलब तो पंद्रह दिन बाद आ गई यही तो नहीं पर एक साल बाद एक साल पंद्रह दिन मान लो तो के लौट के आ गए ना तो वृक्ष के दिल में एक बहुत बड़ा मतलब वो था पिंच पिंच समझते ना कि टेंशन मतलब एक खाई जा रही थी कोई पुत्री नहीं है कोई पुत्री नहीं है कोई पुत्री नहीं है प्रार्थना करते रहते पुत्री तो एक फिर वो अपने कार्य के लिए दंगा नदी के पास गए तो वहां पे कमल के फूल खिलते थे तो कमल के फूल के उन्होंने एक कमल का फूल देखा और उस कमल के फूल पे गोल्डन कलर में गोल्डन कलर में कौन थी राधा रानी लेडी थी आंख बंद करके तो उनका ये तो क्या है तो सोने पर सुहागा हो मैं तो ये सोच रहा था कि पुत्री हो जाए पुत्री जा पुत्री खरीदे अब अभी मैंने बताया था कि सीता ठुकरानी वो भी कमल के फूल पे थी वो छोटी थी मतलब बिल्कुल और ये बड़ा कमल का फूल था क्योंकि कमल के फूल यहाँ पे सुगंध वाले मिलते भी नहीं है जैसे कभी सोचो कमल के फूल की एग्जांपल क्यों देते हैं उससे खुशबूदार तो गुलाब का फूल है और मोगरा का फूल है है ना तो कमल के फूल में खुशबू बहुत होती है लेकिन यहाँ पे कमल का फूल है ही नहीं देखते कहीं कार कहीं हिमालय में मिल जाए तो मिल जाए कोई कमल का फूल यहाँ तो खिलाते हैं मतलब पानी डाल डाल के खिला खिला के दे देते हैं खिलता हुआ भी नहीं देखा वो बहुत रेयर है तो कमल का फूल था गोल्डन कलर की कन्या को देखा तो फिर वो वहां से ले आए जिसमें सहस्त्र सूर्यों की प्रकाश निकल रहा था तो समझ गए कोई देवी है कोई ऐसे तो है नहीं पर एक ही दिक्कत थी अब कन्या तो मिल गई पर एक दिक्कत तब भी हो गई क्या हो गई आंखें बंद थी अब उसकी टेंशन हो गई दृष्वाणी को आंखें बंद है आंखें बंद है कैसे फुलेंगे कैसे फुलेंगे क्या करें क्या करें, क्या करें? तो जो वृषमानु है उनका संबंध उनसे अच्छा है किससे नंद बाबा से तो नंद बाबा के यहाँ बातचीत करी कि लड़की तो है सब कुछ है लेकिन आंखें नहीं खोल रही है उसके लिए क्या करें तो कह करे आंखें अभी तो हुई है खोल लेगी कोई नहीं लेकिन आ, कौशल प्रभु बोल सकते हैं क्योंकि स्पीकर कनेक्ट नहीं हो रहा वो बोल नहीं सकते, सकते मैसेज कर सकते तो हाँ, मैं क्या बोलने वाला था हाँ तो नंद बाबा महाराज के पास गए तो उन्होंने बोला कि जब कन्या होती तो कुछ कुछ ना फेस्टिवल तो होना चाहिए ना तो कन्या के बाद रखना था नामकरण तो उसमें नंदबाबा पूरे गाँव को गोकुल को कि खूब फेस्टिवल मनाएंगे अच्छे से तो अब फिर कृष्ण भी थे वो कृष्ण छोटे थे एक साल के अब वो गोदी में थे विष्वानु के यहाँ गए नंद महाराज और यशोदा माता कृष्ण छोटे थे ना एक साल एक साल के थे ना नादी में तो होंगे ना हाँ वैसे वैसे तो बड़े थे, थे ना यहाँ पे बाल लीला चल रही तो तो खुशी में तो राधा रानी के आने की खुशी में फेस्टिवल रखा नामकरण तो सब गए तो कृष्ण भी गए अब कृष्ण गए तो कृष्ण तरस रहे थे देखने के लिए अब मेरी लादनी शक्ति आगे पहले से तय था कि मैं जाऊँगा फिर तुम प्रकट होना ये वो अब आ गई अब कैसे मिले कैसे देखे तो अब वो तो अब अब एक साल का बोल तो सकते नहीं मुझे जाना है मुझे जाना है। तो क्या करें तो हो सकता है ना कि कोई खिलाते हैं तो बच्चे इधर उधर टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं ना कि अब तुम कहते अरे क्यों सारे कर लो नीचे नीचे रखते थे फिर अब वो पाए चलते चलते चलते थे झूला में झुल रही थी अब झुलम झुल रही थी तो वहां झूला झूल देखे पहुंच गए वहाँ पे अब पहुंचे वाले तो बच्चे देखते ना कि एकदम हाथ अपने ऐसे करके रखते हैं छोटी मुट्ठी पे तो उन्होंने अपनी उंगली डाली तो उंगली तुरंत राधाने से पकड़ ली अब पकड़ ली वैसी आंखें खोली उन्होंने आखे खोली तो आंखें खोलते हुए किसको देखा कृष्ण को देगा तो सबसे पहले कृष्ण को ही देखा उन्होंने और किसी को नहीं देखा ये जो बताया है कि राधा का जन्म हुआ वो तो लीला के लिए, था। तो के के लिए। हाँ वो जगत में। यहाँ पे वृंदावन की लीला चल रही है आध्यात्मिक जगत में कैसे हुआ वो भी कथा है वो बताऊंगा तो ये यहाँ पे उसकी चल रही है प्राकट कैसे हुआ प्राकट मतलब जन्म निम्न कैसे प्रकट हुए जन्मी बोल सकते हैं जैसे कि आप प्रकट हुए लेकिन जन्म बोलते हैं ठीक है क्यों क्योंकि उनके जन्म दिव्य दिव्य होते हैं कर्म जन्म होते हैं। हाँ जन्माष्टमी राधाअष्टमी राधा का नाम राधा गया कृष्ण की कृष्ण का तो प्रकटित तो हुआ ना कृष्ण प्रकटित तो हुए प्रकट प्रकर्कर्ट अप्रकटित तो होते हैं जन्माष्टमी मतलब जन्म लिया मतलब जन्म मतलब जन्म का मतलब यह है हम सब के जन्म होते हैं मृत्यु होते हैं राधा को राधाष्टमी बोलते हैं लेकिन कृष्ण को, को ही कृष्ण को दे ही, ही, ही, ही जन्माष्टमी बोलते, है। बोलते हैं यही तो मैं न क्योंकि जन्म जन्माष्टमी नहीं नहीं राधाअष्टमी ही बोलते हैं राम नवमी राम जन्म नवमी बोलते हैं तो हाँ तो वो नहीं बोलते ना सिर्फ कृष्ण में ही जन्माष्टमी आती है बाकी किसी में नाम में नहीं आती कृष्ण के ही जन्म जो है सब दिव्य है मतलब जो आते हैं फिर करते हैं वो सब दिव्य हैं कैसे जन्म लिया वो तो पता ही चार बूजाओं से तो उसका कृष्ण पहुंच गया वहां फिर कृष्ण ने आंखें खोल ली तो फिर वहां पे कुछ लोग जा रहे आ रहे देख रहे राधा ने तो आंख खोल लिया खोल ली और सब लोग मतलब खुशी से नाचने लगे खुशी मनाने लगे राधा ने मतलब एक साल से आंख नहीं खोली थी आंख खोल ली मतलब मतलब आंख नहीं खुली थी उनकी अब आंख खोल ली तो समझ गया कि कृष्ण ने कुछ किया है मतलब तो जरूर कुछ ना कुछ तो है तो उस तरीके से कृष्ण ने वहां पे एक लीला की तो ठीक है तो इस लीला को बोलते हैं नेत्र उत्सव मतलब इस लीला ही अपने स्कोन में भी मनाई जाती है कि जब विग्रह स्थापित होते हैं तो विग्रह आंखों में पट्टी बांध देते हैं मतलब तो मतलब जब विग्रह की स्थापना होती है तो विग्रह की पट्टी में आखे बांधती है बांधी जाती है और फिर जब खोलते हैं तो फिर सब लोग दर्शन करते हैं तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी सुबह जग के आंखों से क्या देखना चाहिए सबसे पहले भगवान कंफ्यूजन हो जाती है भगवान तो बहुत ईश्वर कृष्ण को देखना चाहिए मतलब ये भगवान को ब्रह्मा को देख लो शिव तो को भी देख लो देख सुप्रीम लॉर्ड तो कृष्ण को देखना चाहिए लेकिन जाते हैं अलार्म को है। बंद करते हैं और क्या करते हैं लेकिन जब अलार्म बज रही होती तब फोटो तो नहीं आता ना पहली ना तो पहली तो नजर उस पर जाती है की हाँ चार हो गया बज रही है फिर उसे बंद करो उसके बाद फिर लॉक खोलोगे तब फोटो दिखाई देगी तो सबसे पहले तो इसलिए जब आलार्म बजे तो सीधा जग जाओ और जगने के बाद सीधा तस्वीर सामने होनी चाहिए या फिर मंदिर में सबसे प्रणाम करो देखो ने ने आ, लेकिन अब फोन तो देखना हो जाए आ, कभी करो ना कि आराम बंद कर दिए फिर से हो तो होगा ऐसे तो अब कुछ लोग भगवान की टी शर्ट ही पहन लेते हैं फिर ना छूट रहा है कपड़े देखो विग्रह पे ये सब चीजें लागू हो जाती ज्यादा मतलब कि खराब हाथ नहीं लगा सकते स्वच्छ होने चाहिए नहा के आओ ये विग्रह लेकिन वो फोटो है फोटो फ्रेम में तस्वीर तो तस्वीर कपड़े ना मना करते है लोग तो पहनते है ना कौन कौन नहीं बना भगवान वहाँ नाम अंतर है राम भी तो लिखा है कृष्ण लिखा है तभी तो ना तो वैसे मना करते हैं अरे हाँ वो तो ठीक है मैं कह रहा हूँ कि विग्रह पे तो है ही मूल मूल लगाना तो किसी पे नहीं चाहिए लेकिन ये तो फोटो मतलब फोटो है भगवान वाणी के नाम में कोई फर्क नहीं है हम नाम ले रहे हैं ठीक है तो वो भी है नाम को कुछ कभी लिख लिया नाम वो भी है तो सब कुछ है लेकिन हम इतना इतना हम नहीं कर पाएंगे ठीक है घर में सब अलाव है ठीक है घर में कौशल गुरु कर घर में सब अलाव हुआ ठीक है तो हमें क्या सीखना चाहिए कृष्ण को देखना चाहिए है। हमें जब भी सुबह सुबह आंख खोले तो सुबह तो दृष्टि कृष्ण पे चाहिए ठीक है है एक टाइम राधा रानी का कथा लीला कि जब राधा रानी चुपके चुपके कृष्ण से मिलती थी जबकि मैरिड हो चुकी थी अभिमन्यु से शादी हुई थी उनकी ठीक है तो शादी हुई थी फिर भी मिलती थी तो सब लोग दोषारोहण करते थे राजा पे क्या क्या है मतलब पवित्रहीन है, है। राह से ना निकल पाए कृष्ण वहां पर आ रहा है मतलब एक तरीके से दुश्मन थी उनको मिलने नहीं देती थी तो राजा रानी एक बार आती है मायूसों के बोलती है कि मुझे तो सब पूरे गाँव में बदनाम हो गयी हूँ ये वो हाँ मैं तो क्या करूं कैसे तो अब मैं नहीं मिलूंगा तुमसे अच्छा मिलूं नहीं कृष्ण कहें ठीक है मैं कुछ करता हूं मैं कुछ ऐसा करता हूं कि तुम्हारी पतिव्रता जो पवित्रता है उसको पूरे दुनिया के सामने स्थापित करूंगा तो ये लीला जो प्रबोधानंद जी ने ये बताई है किसी आ, कोई शास्त्र है उसमें इसका है कि जब राक्षसों का प्रकोप बढ़ गया था जब राव का प्रकोप बढ़ गया था कि पूतना आ रही थी मारने के लिए कि सटका रहा था सु, रहा था रहा था कहीं कहीं कहीं धेनु का आ रहा कुछ आ रहा था तो सब तो, रिकॉर्डिंग तो सब लोग मतलब सब लोग भयभीत मतलब थे मतलब क्या करें क्या करें तो फिर ये योजना बनाते ऐसा करते हैं कि ना स्थान बदल देना चाहिए स्थान तब फिर रावल से जो श्रीमती राधा रानी जो थे ये आते हैं बरसाने और ये गोकुल से कहा आते हैं गोकुल से निकल के कहा आते हैं मतलब नहीं मतलब गोकुल महावन से ज्यादा वो आ रहे थे तो वहां से छोड़ देते हैं ना गाँव और फिर गोवर्धन नहीं गोवर्धन काश में तो होता है ना तो वहीं गोवर्धन में तो रहते है ना फिर गोवर्धन रहते वृंदावन में वृंदावन वृंदावन में तो लीलाएं कर रही थी भगवान ने आकर एक्चुअली वहाँ पे वहां पे चले गए थे ना फिर गोकुल नहीं अरे अपन गए नहीं थे भी घूमने नंद महाराज के घर नहीं गए थे जहाँ पे शिव वो नंद है नंदगांव नंद फिर वो नंदगांव आए थे तो वहाँ पे हाँ नंदगांव में सॉरी नंदगांव में तो जो वृष्मानु की तरफ जो थे राजा रानी तरफ वो सब बरसाने में सफ हो गए और ये वहां से गोकुल से नंदगांव गए ठीक है तो नंदगांव गए तो नंदगांव में पर्वत में बैठे हैं शिव जी और बरसाने में बैठे हैं पर्वत में ब्रह्मा जी तो बरसाने में जो पर्वत है ना बरसाने पर्वत वो है ब्रह्मा जी चार मुख वाले और जो नंदगांव में है ना अपन कहते हैं ना आशीषिव जो शिव लगे हैं वहाँ पे कम में देखूं। लाला को ये वो वो भी है आशीष्वर शिव जी का मंदिर है तो वहां पे शिव जी बरसाने में बैठे हैं तो शिव जी हमेशा होते हैं द्वारपाल के रूप में और ब्रह्मा को तो इतना वो था कि भगवान जाने तो मैं क्या कैसे कैसे मैं तो वो वो भी पर्वत वन के आ गए तो तो सब कुछ विराजमान है धंदावन में पूरे अपने गांव में तो और विष्णु जी गोवर्धन पर्वत वन के आ गए सब आगे ना विष्णु जी भी आ गए गोवर्धन पर्वत के साथ साथ विष्णु अपनी परिक्रमा लगाते हैं उनके तो अब जटिल कुटिला दोषारोपण दो करती रहती तो भगवान ने फिर लीला करी की ज्वर लीला करी उन्होंने ज्वर ज्वर मतलब बुखार आ गया अब भगवान को बुखार आ गया अब इतना तेज बुखार बुखार उतरी नहीं रहा खूब इलाज करा लिया सब कुछ करा लिया बुखार नहीं उतर रहा तो अब पूछो कैसे कृष्ण ही तो बता तो बताया? यशोदा यशोदा बताया कि माँ मेरा बुखार ना ज्वार एक ही तरह से उतर सकता है कि क्या की कोई बालों से बालों से मेरे बालों से पुल बांधे और उस बालों के पुल पे चल के जाए और घड़ा है एक मटका घड़ा उसमें हजार है कि सौ छिद्र है एक हजार एक हजार छिद्र होने चाहिए और उसका जो पानी लेके आएगा वो पानी में पी लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा अरे तो यार, यार ये तो बड़ा हार्ड है तो सब कुछ फिर गांव में रुडा आप पीटा गया सब कुछ हुआ फिर सारी व्यवस्था करी गई कृष्ण के, के बाल काटे गए उससे फिर नाव बनाई गई अब क्या बाल काटेगी कैसे नाव बना भगवान की लीला तो अब लोग बड़बड़े होते थे ठीक है तो हाँ तो बालों से पुल बनाया बालों से पुल बनाया तो अब कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा ना लेकिन अब शर्ती भी थी ठीक है कि जो पति व्रत पत्नी होगी मतलब स्त्री होगी वही ला पाएगी मतलब तो ईश्वर माता कहती मैं ही चली जाती हूँ ना क्या दिक्कत है मैं ले आती हूँ अब कुछ निये तो फंस जाएंगे यार माँ आएगी कह रहे नहीं नहीं इसमें एक ना एक रूल है कि बस आप ही ला सकते मतलब मतलब मेरी माँ हो ना आप तो बस आप नहीं ला सकती बाकी कोई भी स्त्री ला सकती है तो अभी बाकी सब स्त्री को इकट्ठा कर लिया बाकी सब स्त्री को इकट्ठा कर लिया तो उसमें एक थी चंद्रावली चंद्रावली गई सबसे पहले अब चंद्रावली गई तो चंद्रावली तो पहुंच भी नहीं पाई वो बीच नहीं करके खत्म खेल गिर गई, कह रहे अरे यार, यार ये तो पत्ति। क्या, पत्ति नहीं थी तुम्हें अब, अब, अब क्योंकि तो यही थी इसका मतलब जो लेके आया वही पति बताया नहीं तो सब में दोष है इसका मतलब है उसके बाद जटिला आ गई हम जाएंगे जटिल आ गई बहन आ गई हम जाएंगे बड़ा शौंकिया हम लेके आएंगे कृष्ण के लिए मतलब कृष्ण से इतना द्वेष नहीं था उस हिसाब से कि नहीं हम लेके क्यों आए तो फिर जटिला कुटिला ये जाती हैं। होता है नंदगांव कृष्ण राधा लीला सुनी है। ठीक है तो जटिला कुटला जो जटिला थी वो गई तो वो भी गई पहुंच तो गई और जब घड़ा रखा तो अनबैलेंस हो गई और गिर गई तो उसपे सब हंस रहे तुम भी पति नहीं होगा अब सब हसेंगे ना जब किसी की कमी पता चल जा तो सब हंसेंगे कोसेंगे तो सब हंसने लगे हंसने लगे फिर उसकी माँ गई किसकी जटिला की माँ जो तो माँ थी वो कोटिला क्या नाम है जो भी जटिला कोटिला तो वो भी सेम टू सेम उसके बाद फिर कोई नहीं आ अरे क्या करें कैसे जोर होगा तो फिर कृष्ण अब कृष्ण कृष्णी बता रहे हैं कि माँ अगर मैं बताऊ ना कि कौन जा सकता है कौन जा सकता है उसका नाम ना रा से शुरू होता है धापे खत्म होता है <laughs> पूरा बता दिया आओ यशोदा माता सोचनी रात से शुरू होता है धापे खत्म होता है कौन हो सकता है रा अरे ये तो राजा रानी है ये तो लड़की है राजा रानी ये तो क्या है बुलाओ बुलाओ फिर बुलाया राधा रानी आई और फटाक से गई और एक छेद वाला मटके से पानी बरकें और पिला दिया तो स्थापित हो गया ये प्रतिक्रता है लेकिन हम सब दोषारोपण कर रहे थे रानी पे तो यहाँ पे राधा रानी का हम चत को स्थापित किया कि राधा रानी में कोई दोष नहीं है तो राधा रानी अराधनी शक्ति है लेकिन हम सोचते हैं ऐसे ही क्योंकि राधा रानी का स्कोन इस गुणगान इसलिए नहीं करता कथा श्रवण इतना ज्यादा नहीं करता है क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है एक तो लोग जो है समाज है वो राधा रानी को सही समझता नहीं ये क्या मतलब राधा रानी से प्रेम और शादी रुकमणी से ये क्या है तो बोले ये क्या है अब उन्हें को ये नहीं पता कि तुमने चंपू कभी एक शास्त्र है चंपू गोपाल चंपू गोपाल चंपू उसमें साफ साफ लिखा है कि भाई जब कृष्ण विस्तार करते हैं विष्णु का तो राधा रानी विस्तार करती हैं लक्ष्मी का जब कृष्ण विस्तार करते हैं राम का तो राधा रानी करती है सीता का ऐसे ही जब कृष्ण विस्तार करते हैं वासुदेव द्वारकाधीश में तो राधा विस्तार करती है रुक्मणी तो वही है। सारी है। उनकी स्रोत राधा रानी ही है और उन लक्ष्मी से फिर दुर्गा आ रही सब याद कर लेना आप वो वो बता रहे हैं वो ठीक है लेकिन अल्टीमेट स्रोत बता रहा हूँ सारा स्रोत राजा से आया लेडीज का हाँ वो सत्य से बताया है ना वो है लेकिन सत्य भामा कहां से आई फिर वो वहीं से मतलब वो वो से। के वही से। ना, मैं की बात करता हूँ खाली वो ठीक है की सत्य भावा का है तो मैं कहाता हूँ बुला देते ठीक है तो इस तरीके से अलादनी शक्ति अब अलादनी शक्ति है तो हम उनका इतना गुणगान कर ही नहीं सकते और लोग क्योंकि समझ नहीं सकते इसलिए इसको इतना ज्यादा राधा रानी का नहीं करते बस राधा रानी की विशेष चर्चा होती है और हमारी कोई योग्यता नहीं है कुछ बोल पाए इकला प्रभु कृष्ण और सब रत्न प्रभु राधा रानी राधा रानी क्योंकि कृष्ण को कंट्रोल करने वाली कौन है राधा रानी तो फिर कौन हो गया राधा रानी कंट्रोल करने वाला कोई है कृष्ण कंट्रोल होते ना राजा रानी तो इकली ईश्वरी कृष्ण राधा रानी और सब दत्त उसके सामने कृष्ण भी नाचते हैं रानी के सामने तो अभी जैसे क्वेश्चन बताया गुण गुण कि आध्यात् जगत में कैसे प्रकट हुए तो वो बताते हैं कि जो तो था कि वहां पे भगवान सोचते हैं कि अब मतलब आनंद के लिए कोई तो चाहिए ना एक तो उनके एक बाएं बाय से मतलब राजा रानी प्रकट होती हैं और प्रकट हुई भी भागने लगती हुई है एकदम क्योंकि उनका स्वरूप है ना कृष्ण को मैं कैसे सुखी करता हूँ कृष्ण को मैं कैसे प्रसन्न करता हूँ तो क्या लेने चलेगी फूल पुष्प लेने चली गई अब कृष्ण सोचते ये कौन है जो कि रासमंडल में एकदम धाबा बोल दिया उसने भाग भी एकदम रा तो यहां से उनका इसलिए राधा नाम पड़ा मतलब मंडल से रा से रा और धावा धाओ के धावा बोल दो इससे एकदम तो भाग जाओ कौन है तो धा से धा तो फिर उनका राधा नाम हुआ और उनकी इलाजनी शक्ति हमसे तो उनको प्रेम देने के लिए उन्हें आनंद देने के लिए ऐसे प्रकट हुआ क्योंकि कृष्ण जब सोचते ना कुछ ही जैसे कि एकादशी महारानी कैसे आई थी एकादशी महारानी बताते ना कि जब वो जब एक राजक्षस्ता उसे मार नहीं पा रहे थे तो विष्णु सो रहे थे तो जब वो आया मारने के लिए तो विष्णु के उनसे प्रकट हुई और मार दिया तुरंत उसे तथा भी नहीं कैसे मार दिया तो इसी तरीके से जब वो सोचते हैं तो प्रकट हो जाती है तो फिर यहाँ पे ऐसे प्रकट हुई जगत में ऐसे ठीक है।, है। और तो मैं क्या बता रहा था हाँ। तो तो कृष्ण का कृष्ण की शादी हुई थी राधा रानी से। और कृष्ण करी थी ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थी जो पंडित बने थे जिन्होंने कराई थी वो है ब्रह्मा जी तो भांडेरवन में ब्रह्मा जी ने जब सभी कृष्ण ही थे मतलब जब गोपी जब ब्रजमोहन जो जो लीला हुई थी जो तो उसके बाद की बात है तो वहां पे सभी गोपियां शादी हुई थी तो राधा रानी से भी हुई थी तब तो कृष्ण ही प्रेम इस तरीके से तो शादी हो भी चुकी है ऐसे नहीं कह सकते तो शादी नहीं हुई है लेकिन ये तो लीला है क्योंकि ये भी तो विष्णु के अवतार ही हैं है अभिमन्य वो भी तो वहीं से आ रहे हैं तो वो कोई भेद नहीं है पर लोग इसलिए नहीं समझते क्योंकि उन्होंने गोपाल चंपू नहीं पढ़ा इसलिए गोपाल चंपू पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा अच्छा ये बोलते रहते हैं ना ये क्या यार प्रेम किया राधा से और शादी रुक्मणी से हो जैसे कुछ कहते हैं ना ये तुम्हारा कृष्णा अच्छा नहीं है कृष्ण अच्छा नहीं है कृष्ण नहीं बोले कृष्ण बोलेंगे अच्छा नहीं है क्यों सोलह हजार से शादी करी ये भी कोई होता है अब वो तो पत्नी तो बोली रही थी पति भी खड़ा हो गया हाँ महाराज जी बताइए ये तो गलत है अब महाराज जी से सन्यासी गुस्सा एक बात बताइए तुम्हारे माँ के संग नाचे थे क्या <laughs> तुम्हारी बहन के संग नाचे थे तुम्हें क्या प्रॉब्लम नाचे के उसका चुप हो जाके बैठ जाते हैं अब कुछ बोली नहीं पाया हाँ बहन के संग नाचे थे तुम्हें दिक्कत क्या है और एक बार आया था प्रोपात जी के पास ये कृष्ण सोलह रानी से शादी क्यों करी क्यों करी कह रहे कि कृष्ण ये कृष्ण तो बहुत बेकार है सोला यार सारी स्त्री कृष्ण की है कृष्ण ही पत्नी है सब स्त्री के तुमने उल्टा रख रखी है उसकी पत्नी तो तुम इसलिए हो चो दो तो प्रोपात जी हालमूमन करा देते हैं में ही बोलते हैं अपनी से, से तुम तुम तुम करके दिखा दो ना करके दिखा दो हजार से पांच से करके दिखा दो तो कौन कर सकता है सोलह हजार से हाँ तो उन्हें भी बताया जाता है वो कहते हैं ना इसलिए तो चतन महापुर कहते हैं माया भाष जो सुने हुए सर्वनाश अगर मायावाद का भाष्य भाषा तुम सुन तो लो हो जाएगा भक्ति का इसलिए सुनना ही नहीं चाहिए वो तो तुम तो छोड़ो वो तो वो तो पता अंग करता ना उनका? वो छोड़ो कुछ और क्वेश्चन करो मतलब कोई जवाब ही नहीं क्यों, है ही नहीं कुछ ना क्या जवाब दे उसमें वो तो फालतू का ही लोग तो एकदम बेवूकूफ है जेल में है और फिर भी नहीं समझ पा रहे तो उसकी तो चर्चा ही नहीं है बिल्कुल ठीक है तो हाँ तो फिर एक लीला और आती है कि जब जैसे कि आज प्रसादम की बात चल रही थी तो प्रसादम जब भगवान कृष्ण के पास जाता है तो उससे पहले उसे पास और फेल राधा रानी करती है इसीलिए कृष्ण की जो जो डिबूटी किचन होती है जो किचन है वो राधा रानी किचन बोली जाती है क्योंकि राधा रानी ही भगवान को पकवान खिलाती हैं और कैसे खिलाती है जब से खिला रही है कृष्ण को तब से लेके अभी तक कोई रिपीट डिस्क नहीं बनाती अब बना सकता है कोई रिपीट नहीं है न्यू न्यू न्यू न्यू न्यू नोट रिपीट तो हम जब लगाते हैं ओम नमो विष्णु का आदाय करने लगते हैं ठीक है राधा रानी देखती है व्यक्ति भाव से बनाया कि नहीं बनाया है किस मन से बनाया है, क्या बनाया वो पहले समझ देती है मतलब वो इशारे करती है तो कृष्ण खाते हैं उसको तो कृष्ण पहले कहते हैं रेड ये नहीं क्रॉस नहीं खाएंगा भले तुम घंटे जाते हो नहीं खाएंगे राधा रानी करती है ना तो इसलिए पूरे भाव से बनी तो प्रसाद के ऊपर एक कथा आती है की एक बार क्या हुआ कि जो ग्रष्मानु की पत्नी थी की तो जो थी तो उन्होंने बोला कि हमें ना जो नंद महाराज हैं उनको खाने पे बुलाना चाहिए क्योंकि अगर यशोदा माता यहाँ पे आ जाएंगी तो हमारे बरसाने का ना यश बढ़ जाएगा क्योंकि यशोदा यश का उदय ठीक है तो बढ़ जाएगा तो हम क्यों उन्होंने खाने पर बुलाया पूरी फैमिली को तो वह निमंत्रण भेजते हैं खाने के लिए तो निमंत्रण भेजते हैं खाने के लिए तो अब यशोदा माता कृष्ण से पूछती हैं कृष्णा चलोगे तुम नहीं मैंने कहा जबकि खाली बैठे हैं कुछ नहीं है, तो काम नहीं है कुछ धंधा काम नहीं है सब अब कह रहे नहीं मैं कहा जाऊंगा तो कह रहे आपको तो पता है मैया कि मैं अपने अः ग्वाल वालों के बिना कहीं नहीं जाता हूं अब एक एक गायक जो पूरा एक गाय जो होता है टोला होता है उस ग्वाल को कम से कम में तो चार ग्वाले देखते हैं और गाय कितनी थी छत्तीस लाख टोटल तो कितने हो गए नहीं नौ लाख गाय थी और नौ चुक छत्तीस छत्तीस लाख ग्वाल हो गए उनके लिए अपहरण कह रहे कृष्णा उन्होंने पूरी बारात नहीं बुलाई है पूरे उसको पूरे नंदगांव को नहीं बुलाया है पूरे अयोध्या मतलब उसको नहीं बुलाया पूरे आ, जो गाँव के वासी जो उनको बुलाया उन्होंने पर्सनल मित्र दिया है तो कह रहा आपको पता है कि बस मैं अब गाय चलाता हूँ गाय अपने गाल वालों के को बनाता तो कृष्ण मना कहते हैं मैं नहीं जा रहा बलराम जी कहते हैं तो जाऊंगा पर तो कृष्ण सोचते हैं बलराम जी जाएंगे और राजा रानी को देखेंगे तो कृष्ण कहते हैं मैं यह, मैं सोच रहा था ना कि मेरे जो गाल वाले ना वो सब सब बीमार हो गए सब बीमार हो गए ठीक है तो अब मैं फिर क्या करूँगा गाय तो अचराने जा नहीं सकते गाले तो बीमार हो गए तो फिर मैं चलता ही अरे बीमार हो गए एक छत्तीस लाख सारे बीमार हो गए तो हाँ वो बीमार हो गए सबको खांसी हो हो हो गया हो गया तो किसी को कुछ सब बीमार गए तो ठीक तूने बताया अब वो भी जल्दी है तो कह रहे हैं कि आप कितने हो गए अब वो थे नंद महाराज नंद बाबा थे और बलराम जी थे कृष्ण थे और उनका एक तोता होता ना जो तोता जो मतलब तो कि इधर की न्यूज उधर भेजता है वो था और यशोदा माता थी और एक मधुमंगल हो गए तो मधुमंगल कर देखो मैं तो इसलिए था अब ब्राह्मण को तो बड़ा भोजन बारा पसंद होता है वो तो खाओ ब्राह्मण खाओ ब्राह्मण तो कह रहे हैं बस मुझे किसी मतलब नहीं है, बस मैं तो इसलिए जा रहा हूँ कि बस वहां पर भोजन मिलेगा तो अच्छा ठीक है तो फिर वो तो तो चल देते हैं तो चल देते हैं उसके बाद फिर पहुंचते हैं वहां पे तो पहुंचते हैं तो वहां पे जाके देखते हैं कि इतना अच्छे से स्वागत करते हैं और एक अलग राधा रानी ने एक तो अलग खाना बनवाने के लिए जैसा अलग अलग टेंट लगा के बनवाने के लिए दे देते हैं कि आप यहाँ बनाओ और एक घर में एक अलग किचन थी बड़ी वहां बन रहा था तो सबसे पहले पहुंचते हैं कृष्ण वगैरह बलराम जी सब बाहर बैठ जाते हैं और तो सीधा किचन में एंट्री करती है कि देखती है कि क्या बन रहा है कोई हेल्प की जरूरत नहीं है कोई हेल्प है तो वहां जाके देखती इतने नाना प्रकार के व्यंजन देखते जाती है मरोग इतने सारे बनाए हम काउंट नहीं कर सकते इतने सारे थे तो कह रहे हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं कि अबराधा सुबह से लगी है सुबह से लगी है पसीना आ रहा है सब लगा लगी है कि नहीं कृष्ण आ रहे हैं बढ़िया बनना चाहिए बिल्कुल तो बढ़िया से बढ़िया बनना चाहिए मैंने खूब बना किया और मान ही नहीं रही बनाने में लगी है तो फिर उसमें हेल्प कराते हैं धीरे धीरे सुनते सुनते मधुमंगल भी पहुंच जाते हैं खुशबू अच्छी आ रही है खुशबू अच्छी आ रही है पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि ऐश्वर्या माता कहते हैं कि माता इतनी अच्छी चीजें बढ़ रही मेरे इतना तो मुंह में पानी आ रहा है तो ऐशोर माता तो उसके आंखें बंद कर देती है ना देखेगा ना पानी आया तो चलो मां बैठ कृष्ण के पास अभी मिलेगा बाद में भोगा से तो वापिस आ जाता है वो तो वापिस आ जाता है तो उसके बाद राजा रानी की माँ बोलती है कीर्तिदा की ये तो टेलर है राजा रानी तो अलग व्यवस्था कर रखी है बनाने की वहां तो दुनिया भर का भंडार है इतना सारा बना टेलर है खाली ये देख रहे हैं तो टेलर है बहुत सारा भंडार बना रखा है अच्छा तो उसके बाद मधु बोलते हैं कृष्ण ऐसा करके यार भोग लग रही है तो जब तक ये टेलर है ना जो टेलर दिखा रहे हैं इसी से कुछ मंगा लो तब तक कुछ तो पेट में जाए है? कुछ तो पेट में जाए बाकी आता रहेगा रहेगा तो फिर सब लोग कहते हैं करते कोशिश तो कहते हैं ठीक है ठीक है लाओ लाओ तो फिर उसके बाद परसने लगते हैं पूरे तो मधुमंगल भाग के जाते हैं और रसगुल्ले की बाल पकड़ लेते हैं सोचते हैं कि तक परसेंगे तब तक पता नहीं मिला कि नहीं मिला तो रास्ते में एक हाथ कर ले और जैसे ही गुलाब जामुन खाते है और सुनते परम आनंद मतलब की बहुत आनंद आया मतलब इतना राधा रानी के हाथ का घर कितना स्वादिष्ट बना हुआ लेकिन मैं दुखी भी हूँ दुखी भी हूँ अभी तो बोला परमानंद दुखी क्यों दुखी इसलिए अब दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा अब कहां मिल रहा है नहीं का? वो तो पता चल गया गुप्त खबर मिल गई ना कैसे ने प्रसाद का तो उसके बाद फिर काफी सारी डिश बनी थी तो कुछ उनकी माँ ने बनाई थी कुछ राधा रानी ने बनाई थी कुछ और भी लोगों ने बनाई थी लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं जो सिर्फ राजा रानी ने बनाई अब ये कैसे पता चले अब चक्कर क्या था कृष्ण राजा को देख रहे हैं और राजा कृष्ण को देख रहे हैं अब यह सब हो रहा है तो कह सब लोग देख लेंगे तो फिर वो अब जो उनके तोता थे जो कृष्ण के वो समझ जाते कि भाव तो वो अपना गीत गाने लगते हैं जय जय राधा रमन सि करके तो सबका ध्यान उधर चला जाता है वो आराम से देख लगते कि नहीं ये मैंने बनाया ये खाओ ये मैंने बनाया बहुत सारी डिश थी तो राधा रानी बता रही कि मैंने क्या बनाया वो वो खाओ तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं इस कथा से कि हमें जो भी खाना चाहिए वो कृष्ण प्रसाद में खाना चाहिए मतलब जो राधा रानी तो राधा रानी जो बनाती है कृष्ण के लिए तो वो बड़ा स्वादिष्ट होता है जैसे ना गोप कुमारी कथा थी ना राधा का हाथ का वो लड्डू खाया और वो बोल्ड हो गए तो तो हो गए तो जामन कितना है ना, अभी खाते हैं। तो कैसा लगेगा हाँ कथा तो एक और थी लेकिन समय खत्म हो गया वो बहुत इंटरेस्टेड थी में बताता हूँ जल्दी जल्दी तो यहाँ के बाद वो कहते हैं तो फिर वो राधा रानी को ले आते हैं मतलब जब से वापस आते तो वो कहती मतलब है इसका मतलब अच्छा है मेरी राधा रानी लड़की वहां जाएगी नो नंद के नंद बाबा के यहाँ तो भाग खुल गए मेरे तो ये वो तो आती है फिर वो वहाँ पे कुकिंग करती है कृष्ण के लिए वही कुकिंग करती है इस तरीके तो से तब से नहीं शादी नहीं मिलती ना तब तो शादी नहीं और एक कथा आती है की जब बड़े होते हैं सारा कुछ जब झूलन यात्रा से जुड़ी हुई है जब सावन में झूलन यात्रा होती है उसमें तो उसमें जब कृष्ण और राधा एक समय बैठे थे तो बातें कर रहे थे ऐसे तो कृष्ण बोलते हैं ये ना नारद तुम्हारे पास बहुत आता है क्या बात राधा के लिए आता है और तो आपका परम भक्त है तो क्या हुआ आता है बोल रहा नहीं आता तो है पर आ, क्यों आता है मतलब कि अरे परम भक्त है वैष्णव है आता है क्या दिक्कत है तो कह रहे ठीक है आता है कोई बात नहीं दिक्कत नहीं है लेकिन तुम थोड़ा केयरफुल रहना वो नारद से केयरफुल रहे वो अभी जानते नहीं वैश्विक क्या नहीं जानते हो कि बस बस बता रहा हूँ आप जानते नहीं हो केयरफुल रहे कभी की देख लेना कभी फूट ना डलवा दे तुमने हम तुम्हें फूट नारद है ऐसा हो ही नहीं सकता हम तुम्हें फूड डलवा दे ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम तुम्हें फूड डलवा दे तो खिलाड़ी पता नहीं है कि वो तो पता है कि हम तुम्हें फूड नहीं डलवा डल लेकिन वो भी कम खिलाड़ी नहीं है नारद को तो इस तरीके से आते नारद जी आते हैं एक बार बहुत संगीत होता है तो नारद जी बड़ा अच्छा मधुर संगीत करते हैं कीर्तन करते हैं कृष्ण खुश हो जाते हैं तो कृष्ण कहते हैं की नारद जी माँ को क्या मांगना है आपको आए बड़ा प्रसन्न तो नारद कहते हैं कि आप मुझे ना उस पर साइन करके दे दो कि आप कुछ उपहार देने वाले हो और मैं रख लेता हूँ जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगा ठीक है तो रख लेते हैं लेते हैं उसके बाद फिर कुछ समय बाद सावन आता है तो सावन में झूलन यात्रा इसलिए होती है क्योंकि सावन में पहले पंखा कूलर तो होते नहीं थे और गर्मी पड़ती थी बहुत तो वहां पर या तो कुछ चीज़ को हिलाओ या खुद हिलो तो हवा लगेगी खुद हिलो तो हवा लगेगी ना या खुद हिलाओ कुछ तो हवा लगेगी इस तरीके से था लाइट वाइट थी इसलिए झूलन यात्रा डाली जाती थी कि लोग झुलाएंगे तो झूलेंगे तो हवा लगेगी हवा लगेगी कृष्ण राधा को कृष्ण राधा के लिए तो फिर और इसमें मेन जो व्यवस्था करने वाली ललिता ललिता है ललिता है और बताते हैं कि जो हमारा जो संपर्क है वो ललिता पे जाके ये रूप हाँ, जो रूप जो गोस्वामी ना रूपान तो वो ललिता पे जाके मिलते हैं और ललिता किसकी सेवा में लगी रहती है किसकी व्यवस्था में लगी रहती है राजा रानी की <स upright> तो हम ललिता के संपर्क से राजा रानी के पास पहुंचते हैं इस तरीके से तो अब ललिता को पता चला कि ऐसे झूर्ण यात्रा करनी है तो फिर वहां पे एक कुंज था गंदावन नहीं। तो उस कुंज में फिर जात जात, मतलब साया जाता है जाता, जाता जाता। तो, तो, देखते देखते तो फिर मैं इसको कल सुनाऊंगा ठीक है क्योंकि एक मिनट रह गया और फिर बीच में खत्म हो जाए तो क्या करते हैं ओके तो इसको कथा को हम कल करेंगे और बाकी गीता का श्लोक करेंगे बच्चे का थोड़ा टाइम तो इसको पूरा करेंगे ठीक है तो जगत गुरु शील श्रीमती राधा रानी महामोत्सव की तो श्रीमती राधा रानी बहुत उच्च स्थान है उनका हम गुणगान नहीं कर सकते ये तो जो हमारे सीनियर भक्तों ने जो बोला है वो मैंने खाली रिपीट किया है ठीक है ओके ओके हरे